मैं गौरी प्रस्तुत करती हूँ दिल खुश मनपसंद शायरी अच्छी बातें प्यारी बातें अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा किसी ने क्या खूब कहा है ना खुशी खरीद पाता हूं ना गम बेच पाता हूं फिर भी न जाने क्यों हर रोज कमाने निकलता हूं पंछी पिंजरे में बंद पंछी को कौन याद रखता है पिंजरे में बंद पंछी को कौन याद रखता है याद तो वही रहते हैं जो उड़ जाते हैं बेबसी क्या होती है उस परिंदे को पूछिए जिसका पिंजरा खुले आसमान के नीचे रखा हो गुलजार जी कहते हैं रहना तो चाहता हूं मैं जिंदगी भर मासूम मगर ये जो दुनिया है समझदार बनाए जा रही है दो लाइनें हैं एक कविता की जो उम्मीदों भरी हैं दिलों में जो बेताबिया लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम दिलों में जो बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम आंखों में जो ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। तुम हवा के झोंकों की तरह आजाद रहना सीखो तुम एक दरिया की तरह लहरों में पहना सीखो हर एक लम्हे से मिलो खोले अपनी बाहें हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहे जो अपनी आँखों में हैरानियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम दिलों में जो बेताबियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम